अभी वो अपने हुआ करते थे आज उन्हें हमसे खफा देखा मोहब्बत का नतीजा दुनिया में हमने बहुत बुरा देखा जिन्हें दावा था वफा का उन्हें अब बेबा उड गई Oh. samaj <laughs>